तुम कभी लगोगे तुम हम ही बोगे तो कहाँ ये बताओ हम वहाँ चल आ जा मैं आपको मैं यू का सोचा था तो मैंने तुझे, मेरे दिल की बातें शायद तू रह गई ना जाने तुम हो गया जाते जाते मुड़के फिर देखा है दफा?